मेरे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते है अच्छा भाई ऐसा क्या करता है आ, करता वरता कुछ नहीं हु मेरे घर के सामने सरकारी नल है भाई